हेलो दोस्तों रिमोट कंट्रोल कार तो आपने बहुत सी देखी होंगी और चलाई होंगी पर आपने ऐसी रिमोट कंट्रोल कार देखी है जो दीवार पे टकराते के साथ फट जाती है पहले ये कार नॉर्मल थी इसका प्राइस था चौबीस सौ फिर मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई ने इसे ऐसी ही मोडिफाई किया जिसे देखकर आपके हो सड़ जाएंगे पहले जब बटन ऑफ करके चलाया गया और दीवार पर टकराया गया तो कुछ हुआ नहीं जब बटन चालू करेंगे फिर जो धमाका होगा दीवार पर टकराने के बाद देख सकते हो वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब